वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देने जा रहा हूं जो कि डी की तरफ से जारी करी गई है आईटीआई के कोर्स में कुछ बदलाव किया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं आईटीआई में ड्राइंग विषय समाप्त आई के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आप सिर्फ प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी की परीक्षा होगी डी करेगी ये बदलाव अब डीजीटी नए सत्र से क्या बदलाव करने जा रही है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ प्रिय साथियों मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि डी को सीटीएस में कुछ सुधार गतिविधियाँ करने का प्रस्ताव है अर्थात आपसे सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय नहीं है सेकंड पॉइंट डब्ल्यू सी विषय को सैद्धांतिक विषय के साथ विलय करने का प्रस्ताव है रोजगार कौशल विषय घंटे को कम करने का प्रस्ताव है इम्प्लाइबिलिटी स्किल विषय का मूल्यांकन वी के माध्यम से संस्थान स्तर पर किया जाएगा आप से सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए दो परीक्षाएं ट्रेड प्रैक्टिकल सी पद्धति के द्वारा ट्रेड थ्योरी कुल एक वर्ष के प्रशिक्षण अवधि को 1600 घंटे सो से घटाकर 1200 घंटे करने का प्रस्ताव है अर्थात संस्थान में वास्तविक प्रशिक्षण 1200 घंटे ओजेटी और समूह परियोजनाओं के लिए डेढ़ सौ घंटे एन आई या राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए 240 घंटे जल्द ही डी इस संबंध में आदेश जारी करेगा अब मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। आईटीआई में कई सारे विषयों की पढ़ाई हो रही थी उन्हीं में से इंजीनियरिंग ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राॅइंग विषय की पढ़ाई हो रही थी डी बहुत जल्द एक नोटिस जारी करने वाली है जिसमें 2022 में आने वाले सत्र से कई सारे बदलाव करने जा रही है डी जी को आने वाले दिनों में एक बेहतर कोर्स बनाने में जुटी हुई है उसी में से एक कदम उठाने वाले निम्न प्रकार हैं अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं आई में कई सारे विषयों की पढ़ाई हो रही थी उन्हीं में से इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग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 मतलब अब आप आने वाले सत्र 2022 से जो बदलाव किया जाने वाला है उसने बताया जा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूसीएस विषय का सैद्धांतिक विषय के साथ विलय किया जाएगा मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो पेपर होता था उसे ट्रेड थ्योरी के साथ विलय किया जाएगा कम्बाइंड किया जाएगा इसका भी अलग से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा डब्लू का वर्कशॉप कैलकुलेसन का नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार कौशल विषय घंटे को कम करने का प्रस्ताव मेन मैटर क्या है इसमें रोजगार का जो विषय घंटे को कम करने का प्रस्ताव रखा गया है नेक्स्ट पॉइंट है इंप्लाइबिलिटी स्किल विषय का मूल्यांकन वीवो वाइस के माध्यम से संस्थान स्तर पर किया जाएगा अब आपका एम्प्लाइबिलिटी स्किल का भी एग्जाम नहीं हो, होगा आपको प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपसे सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए दो परीक्षाएं ट्रेड प्रैक्टिकल और सी बी पद्धत द्वारा ट्रेड थ्योरी अब से आपकी जो नए सत्र से नया सिलेबस जो जारी होगा उसमें सिर्फ आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होगा बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन को ट्रेड थ्योरी में कम्बाइंड कर दिया जाएगा विलय कर दिया जाएगा और इम्प्लायबिलिटी स्किल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे प्रैक्टिकल पर नेक्स्ट पॉइंट है कुछ एक वर्ष के परीक्षण अवधि को 1600 घंटे सो से घटाकर 1200 घंटे करने का प्रस्ताव है अर्थात संस्थान में वास्तविक प्रशिक्षण बारह घंटे है ओजेटी और समूह परियोजनाओं के लिए डेढ़ घंटे है एन या राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए 240 सौ घंटे जल्द ही डी इस संबंध में आदेश जारी करेगा ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो कि अब आपको वर्कस ऑफ कैलकुलेसन इम्प्लाइबिलिटी और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नहीं देना पड़ेगा अब सिर्फ आपको ट्रेड प्रैक्टिकल और सीबीटी ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा ये प्रस्ताव जल्दी पारित किया जाएगा डीजीटी की ओर से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें